मानसी एक घर बासू गोतनी घर बासू गोतनी दछ उल्हा नहन द दलहना बना हे भोले बाबा बहन के अलिया कवरिया मोर पूरा दस पनावाना हे भोला बाबा बहन के लिए घोर बा ससु गौत घोर बासु गौतनी दुलहना वह ना आ नहना दलहना बना हे भोले बाबा बहन के अलिया कंवरिया गोदी भरी डाल नवाना हे भोले बाबा बेन के अलिया कंवरिया गोदी भरी डाल नवाना हे भोले बाबा सेवा का पर कनी फेरा नया नवाना हे भोले बाबा बेन के अलिया कंवरिया गोदी भरी डला नवाना जय माँ कत्याणी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसिंह एक कन्या मानसिंह एक कन्या सुना सुना बाबा <acaksın> सुना सुना गई बाबा सुन सुन हो हो ना हमार भा हे भोले बाबा बन के ओल य का बवरिया मर पुराई दस सपना हे भोले बाबा बन के ओलिया का गोदी फारी दल ना सुना लाग हमर सुना सुना लाग बाबा हमार नवाना हमार भा हे भोले बाबा बन के अलिया कँवरिया मर पुराई दस सपन हे भोले बाबा बन के अलिया कँवरिया गोदी भरी डाल नवाना हे भोले बाबा से बका अपन कनी फेरा नया नवाना हे भोले जय जय। शिव भगवान जै कत्याण रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी एक कन्या मानसी नहीं हमारा बाबा ना नहीं हमारा बाबा कोनो वाना? ओ, हो हा कहन खजाना हे भोले बाबा बन के एलिए कवरिया मोर पुराई दो सपन हे भोले बाबा बे के अलिया कंवरिया गोदी भरी डाल हमारा बाबा कोन खजनवाना हा कौन खजनवाना हे भोले बाबा बहन के ए लिया कंवरिया मर पूरा दस पनावाना हे भोले बाबा बहन के ओ लिया कंवरिया मर पूरा दस पनवाना सोहनू रमन जी से गवरी बा भजनिया मर बुराई जो सपन भोला बाबा बन के लिए गंवरिया गोदी भरी बोला